चलो तो दोस्तों मेरा नाम है गिरी आप देख रहे हैं गिरी गेमिंग तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले फ्री फायर तो क्लासेस कॉड रैंक खेलेंगे इस बार कोई भी एक प्लेयर को डक ले तो इसको बुला लेता ये लोग बुलाओ नहीं यार छोड़ दो यार ये नूब है बस है तो मेरा भाई भी खेल रहे सेकेंड जो ईशान है वो लाइक्राइब कर देना भाई हाँ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज तो एम पस से ले रहा हूँ मैं लो लो। अरे यार माइक ऑफ करना पड़ेगा भाई थोड़ा साउंड यार मतलब क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं लो कर दो हाँ लो लो लो कर दो भाई भाई इंग्लिस ही हिंदी। हिंदी क्या बोल, क्या बोल, बोल दो <laughs> उतना हिंदी नहीं छाड़ने का उतना हिंदी नहीं आता वैसे हमको भाई एक एक, एक दिखा अरे अरे एक को पढ़ी यार अरे इधर से सब आ रहे हैं। एक मिनट ये नहीं यार तुम नहीं। हो यार समझा था मैं तो उन लोगों के पास जा रहा हूँ यार थोड़ा साउंड चाहिए मुझे अरे यहाँ पर दो आनवी है सब भाग जाता हूँ किधर है भाई अरे मेरा अरे इसको नहीं लग रहा देता मैं भी अबे भाई तीन जो तीन भाई मेरे पीछे भी चार अभी मैंने देख लिया अरे भाई मेरे को दे दिया है इस घंटा मारा मैं दो घंटा दे चुका हूँ ओका होके रहना उसके पास जीवन है उसको भी मुक्का मारा तुम्हारे पास मेडिकल नहीं है अरे भाई मैं सोच रहा था पंच से मारूंगा लेकिन भाई नहीं हुआ ये चालाक बंदा है हाँ, लाइक दिया ना सबने भाई लाइक दिए यार मैंने वो वाला स्किन नहीं लगाया है और डब, डबल डैमेज वाला पता नहीं यार इसमें क्या ये बॉक्स ओपन किया और ये मिल गया भाई तुम्हारा एक ही ले, लेकिन भाई मैंने भी तो एक नॉक किया था अब देखता हूँ ना भाई नौ सौ का डेमेज किसका है है है में में तुम्हारा भाई मैंने मारा मारा मारा था अब तो लग लग जाएगा ना डैमेज चुका इसलिए भी एक एक एक को से मारा और एक को मतलब मतलब मारा मारा एक से मतलब मतलब मतलब मतलब हेड कैसे मार हुआ हुआ हाँ, हुआ कुछ हुआ कुछ क्या मतलब पास अरे नोबड़े इधर आजा भाई नोबड़े इधर आजा आजा अरे मत बोलो नहीं देगा भाई आजा जल्दी आजा अरे भाग रहे यार रिफाइड नहीं देने आ रहा यारिफाइंड दे यार। दो, दो। तुम मर गए क्या भाई पास कर चलो ग्लोबल ले लेता भाई ग्लोबल मुझे और कुछ भाई आदमी अरे ग्लोबल नहीं मिलेगा हेलमेट लेगा क्या मशरूम दे दो मशरूम ये लो एक ही मिलेगा चार, चार। भाई मैंने गोली मतलब यार है मारा मतलब तो खरीदा नहीं है आ, हाँ भाई थोड़ा लो देख रहा, रहा <laughs> यारे अरे यार। उधर रहा इधर से, इधर से मारूंगा अरे पकड़ ही नहीं रहा अरे इधर है कहा पे है अरे एक भी रेडमी नहीं है क्या है यार अरे मतलब यार रेड लेता ही नहीं है अरे किसने नॉक कर दिया आपको क्या अरे उस एनिमी को जिसको मैं मार रहा था इधर एनिमी लग रहा है मुझे आ रहा है के देखता हूँ हाँ इधर है एक बार जाता हूँ रात करूँगा ठीक है रे रे रे चच्चा रे रे रे ग्लोबल गलत पड़ गया यार भाई हेल्प कर दो भाई इधर आके हेल्प कर दो कोई हेल्प में बोलता हूँ अरे इधर ही इधर भाई प्लीज यार भाई भाई भाई भाई प्लीज भाई ये जॉन में मारेगा मुझे अरे यार यारिवी छोड़ो यार नो खो के, के गिरा हुआ था उधर से मारा था मैंने सोचा इधर से मैं तुम भाई से तुम ऊपर जाने से पहले मैं नॉक खो के गिरा चुका था अब इसके पास दो दूर का गने ये नहीं कर पाएगा बस ये तो उससे भी एडम है जिसको हमने डाला था एडम भाई इसने तीन किल कैसे कर लिया इसने ने कोई बात नहीं मैंने तो यार एक किया दो किल तो किल तो तो तो शायद एक भाई भाई तुम थोड़े साथ अच्छे खेल लो काम बने भाई तो तो देना चाहिए ना अभी अब हाँ, हाँ, अब तुम्हारे कुछ कुछ दूर का गान दो ना डे दो ये एक भी गन नहीं है लेकिन ये, ये तो मुझे दिखाई दे दे रहा है दो तो। अरे तुम लेके क्या करोगे तुमने तो यार जीरो किल किया है और दिया है दिया तो भाई, भाई। कोई को को भी नहीं तीन राउंड हो चुका है दो अरे इधर चुपो यार मार देगा खा म ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, चलो यार ऊपर आओ ना आज जा रहा हो लेकिन मालूम कैसे सीढ़ी पे आएगा ना कितने लोग सीढ़ी पे आते हैं भाई गया गया नहीं लेकिन गया भाई मत मारने इसे अरे सबको कर यार। गया यार क्या ही बात हो रही है अरे यार तुमने किल चोरी कर लिया लेकिन कोई बात नहीं मैं चुका था मतलब करीब करीब अरे ग्लोबल कितना था भाई एक तो मिल जाता कम से कम उससे मुझे एक मिला मिला यार यार क्या यार। मुझे दो थॉमसन फिर भी तुम इतना भाई ग्लोबल जितना मिले उतना कम है भाई क्या यार ये ये बात लेकिन सच है यार जितना मिले उतना कम है ग्लोबल ट देखो भाई मुझे भी कुछ नहीं आप लोगों को भी दोड़ा, दोड़ा। आदी आदी। अरे उड़ जाओ हो चुका है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तो और कर प्लीज। इतना तो देख चुके है आप दो दो हो चुका है अरे इधर से आएगा इधर को अवर करना चाहिए किसी को नहीं छोड़ेंगे मारो मुझे मारो भाई मारो मारो अरे तुमने एक बंदा दो बंदा भाग गया भाग गया के क्या तेरे पास अरे इसने ग्लोबल लिया एक के ऊपर है है अरे वो तो अभी देखा इस एडम को कहा पे है ये एडम भाई मुझे ग्लोबल मिलेगा क्या अरे स्वरगनगिरी है था अरे अरे वो जोन में मर गया यार यार चलो किल कर कर कर लिया तीन दोस्तों प्लीज लाइक लाइक और कर भाई। भाई, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब दीजिए दीजिए दीजिए भाई तो, मतलब यार, होके भी बहुत तो के लिए भाई ना <laughs> जीरो किले इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई तुम्हारे पास कोई भाई हेलो हेलो रही भाई ओए भाई तुम्हारे पास क्या कोई मतलब इमो है क्या नहीं है। भाई वाह भा, हमारे पास दो है वो भी फ्री का इधर तो जरूर होगा इधर नहीं है इधर नहीं है अरे, अरे तो देखा हाँ भाई उधर रस करो भाई रस करो रिवर्व करता है नोबड़े फिर तो अरे मैं मुझे मारना चाहिए था लेकिन मैं कील कन्फर्म कर लेता हूँ किधर और लेकर अरे इतना लूट तो लेके और और अगर ये अरे मुझे था, मुझे था। मुझे मारने तो था भाई, भाई। <laughs> दोस्तों भाई इतना लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा भूया हुआ हाँ भाई हाँ। भाई भाई लाइक और सब्सक्राइब तुम भी करना अरे हाँ हाँ। <laughs> मेरा था मैंने स्किप कर दिया हाँ भाई चलो भाई। ओ भाई भाई भाई भाई किल किल किया है है मैंने यार यार इस सबको सबको लाइक लाइक दूंगा मैं, मैं भाई। अच्छा अच्छा देता उनको भी वो लोग मतलब अच्छी मार खाए हमसे हाँ बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बाई बाय इस वीडियो के लिए इतना ही तो बाई बा भाई